बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता और विवियन रिचर्ड्स की बेटी बॉलीवुड में शादी की, की, की खबरें सामने आ रही है पहले आथ्या शेट्टी और के एल राहुल शादी के गठबंधन में बधे अब बॉलीवुड की फेमस फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता ने आदित्य राव हैदर के एक्स हस्बैंड एक्टर सत्यदीप मिश्रा से से शादी शादी शादी कर ली है। है। आपको बता दें दोनों की की यह दूसरी मसाबा ने 2015 मधु मेंटाना थी। इनका रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया था और 2019 में दोनों ने तलाक ले लिया था वहीं सत्यदीप ने भी अदिति से 2009 में शादी की थी लेकिन 2012 हजार में ही इनका तलाक हो गया था मसाबा और सत्यदीप की पहली मुलाकात नेटफ्लिक्स शो मसाबा मसाबा की शूटिंग के दौरान हुई थी जहां से इनका प्यार परवान चढ़ गया और दोनों ने अब शादी कर ली इस इसमेट वेडिंग में मसाबा की माँ नीना गुप्ता उनके पिता विवेक रिचर्ड्स और नीना गुप्ता के पति विवेक मेहरा और कुछ फ्रेंड्स शामिल हुए वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मस